हेलो दोस्तों नमस्कार आयम राज क्या वीडियो को बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग करने में तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और फुल कभी दिल के आकर वो हमसे दूर हो गई देखे थे हमने सीन ख्वाब सारे चूर चूर हो गए जो दिल तोड़ के वफा बने कभी वो हो। नजर होता है तो हम उसे मनाते हैं कभी हम उदास होते हैं और ओ च सोता है हंसना मुझे भी आता है पर किसी ने रोना सिखा दिया बोलने में माहिर आते थे